आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे जल धनिया रैनन पुलिसी फैमिली का ये प्लांट है रेनन कुलस स्क्लिटस साइंटिफिकली हम इसको जानते हैं इसमें कुछ लोग इसको जल पीपली भी कहते हैं हालांकि ये पीपली जैसा दिख रहा है लेकिन कॉमन नेम के कारण काफ़ी समस्याएँ हो जाती हैं तो इसको साइंटिफिक नेम से ही जानना ज़्यादा उचित होगा धनिए की तरह दिखने वाला इसका ये लीव्स होते हैं और इस प्लांट के अंदर हाईली मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मित्रों आजकल गोखरू की समस्या या जिसको कॉर्न कहते हैं फूटकॉर्न्स की समस्या बहुत कॉमन होती है इसके पत्र का आप पीस कर पेस्ट बनाकर गोखरू पर लगाइए आसानी से ठीक कर देता है इसके अलावा मित्रों इस प्लांट के अंदर एलिलोकेमिकल इफेक्ट होता है इस प्लांट का उपयोग हम यूट्रोफिकेशन रेमिडिएशन में करते हैं क्या होता है इरिगेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग हमारे पौंडस में भी हो जाती है जिसके कारण वहां बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है और जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो जीव जंतु जल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो मर जाते हैं तो इसके निवारण के लिए हम इस प्लांट का आप लगा सकते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन की डेवलपमेंट को नहीं होने देता इसीलिए इसको हम यूट्रोफिकेशन रेमेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं यह सॉइल से हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है अगर औषधीय गुणों के लिए आप इसको उपयोग में लाना चाहते हैं तो इसको आप कल्टिवेट कीजिए जहाँ पे हैवी मेटल्स ना हों क्योंकि ये हैवी मेटल्स के साथ कंपाउंड बना लेता है और बाद में रिएक्शन अपनी शो करता है यह हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है ब्लड के सर्कुलेशन को प्रमोट करके और ब्लड में जो ब्लड स्टेसिस के रिमूव करने में विशेष सहायक होता है कफ को एक्सपेल करता है वोमिटिंग को ये इंड्यूस करता है और कई बार एक्सेस गर्मी के कारण या हीट के कारण लीवर की समस्या हो जाती है या फिर मैं कहूं कि स्वेलिंग आ जाती है लीवर स्वेलिंग हो जाती है तो उसको सही करने के लिए भी हम इसका उपयोग में लाते हैं गंडमाल की समस्या हो जाती है स्क्रोफिला जिसको कहते हैं इसको आप पेस्ट बनाकर लगा दीजिए आसानी से ये ठीक कर देता है स्नेक या स्कॉर्पियन वाइट की प्रॉब्लम है ये एंटीडोट का कार्य करता है चाहे चाहे बिच्छू का काटा हो चाहे सांप ने काटा हो जब इसमें आप इसको लगा सकते हैं बुखार को अस्थमा को बुखार के लिए अस्थमा के लिए गाउट की समस्या के लिए रुमेटिज्म के लिए इन सब के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं कई बार मित्रों पहले क्या होता था कि प्लेग के कारण गांठें बन जाती थी तो उन गांठों पर भी इसका पेस्ट बना लगाया जाता था जो कि बहुत अच्छा एक कार्य करता है लीवर और स्प्लिन के रेमेडिएशन में बहुत अच्छा कार्य करता है मुख्य रूप से इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वहा उपयोग में लाते हैं आप चटनी बना लीजिए और उसको पेस्ट बनाकर जो है लगा सकते हैं बहुत अच्छा कार्य करता है स्केबीज़ की या लिकोडर्मा की समस्या हो तो वहाँ भी हम इसको पेस्ट बनाकर लगाते हैं अगर घाव के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है या फिर घाव भर नहीं रहे हैं तो इसको आप पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं इसके अंदर जो एनीमोनिन नाम का जो कंपाउंड पाया जाता है वो वंड हीलर का कार्य करता है एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एंटीवायरल एक्टिविटी उस एनीमोनिन की होती हैं और यह है, इंफ्लामेशन को कम करने वाला भी होता है इसके अलावा इसमें और भी कई घटक पाए जाते हैं जैसे कि एपीजेनिन ट्राइसिन लुटियोलिन स्कोपोलिटिन नाम के घटक पाए जाते हैं ये नेचुरल एंटीबायोटिक का कार्य करता है क्योंकि मुख्य रूप से पोटेंट घटक इसके अंदर पाए जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में लेना टॉक्सिक हो सकता है येलो कलर के इसके फ्लावर्स हैं और इसके फ्रूटिस कंडीशन में पिपली की जैसे दिखने वाले इसके फ्रूट्स आप देख रहे होंगे कुछ लोग इसको जल धनिया कहते हैं या जल पीपली कहते हैं हम इसको साइंटिफिकली केवल रेननकुलस स्टेटस के नाम से जानेंगे मेडिसिनल प्लांट है मित्रों प्रेग्नेंसी के समय या इलेक्ट्रेटिक मदर्स इसका उपयोग ना करें क्योंकि इसका प्रभाव ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और इसका प्रभाव माताओं के दुग्ध में भी होता है जो कि बच्चे को नुकसान कर सकता है लाइक like मदर्स और प्रेग्नेंट वेमेन इसका विशेष ध्यान रखें कॉर्न के लिए तो रामबाण औषधि का कार्य करता ही है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप इसको लगा सकते हैं बर्निंग कहीं सेंसेशन हो रही हो जलन जैसा फील हो रहा हो या उधर हो रही हो तो जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है उसका ये निराकरण करता है लोकल भाषा में कुछ लोग इसको कंदीरा के नाम से भी जानते हैं या कुछ लोग इसको पॉइजनस बटर भी इसी को कहते हैं तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है और साइंटिफिक नाम से जानना जाना ज़्यादा उचित होता है मित्रों इसका साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसको पिपली समझ कर उपयोग करना हानिकारक हो सकता है क्योंकि आइली पॉइजनस प्लांट है इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिए वो देखने में भले ही धनिए जैसे लगते हो, लेकिन उपयोग में धनिए से बिल्कुल अलग हैं मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार